हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द चेस जोन आज हम बात कर रहे हैं कैरोकान डिफेंस की सीरीज की कैरोकान डिफेंस अगेंस्ट बोटोनिक अटैक हम व्हाइट से खेल रहे हैं तो हाउ टू प्ले अगेंस्ट कैरोकान डिफेंस इसके सारे वीडियो बैक टू बैक आपको मिलते रहे हैं और भी मिलते रहेंगे तो चैनल से जुड़िए सब्सक्राइब कीजिए और आज शुरू करते हैं एक्सपोज ऑफ द एच वन टू ए एच डायोगनल क्या है एच वन टू ए एट डायोगनल मतलब ये पूरा जो डायोगनल है उसके ऊपर आज का वीडियो है इसमें ई फोर और सी सिक्स डी फोर डी फाइव ए टेक्स डी फाइव सी टेक्स डी फाइव ज्यादा मूव कॉमन होता है कह रहे कंपेन ओवरटेक में सी यहां तक नाइट एफ सिक्स ये सारे मूव्स कॉमन है जो बहुत बार हम देख चुके हैं लेकिन कुछ कुछ मूव्स के बाद जब चेंजिंग आता है यहां हमने चेंज किया है ब्लैक ने ई सिक्स किया है एसीड ऑफ नाइट सी सिक्स ई सिक्स के बाद नाइट एफ थ्री खेलना है आपको बिशअ ई सेवन यहां आपको सी टेक्स डिफाई करना है फ्टर नाइटेक्स डी फाइव यहां पे आपको आइसोलेटेड क्वीन फॉर्म की पोजिशन मिल गई है दोस्तों व्हाइट से तो बिशब डी ये एक बेस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट होता है जब ऐसे स्ट्रक्चर होता है तो बी बहुत वर्किंग करता है यहां पे। ब्लैक करेगा कैसल यहां वाइट भी कैसा अब आप देख सकते हो कि वाइट जिसके पास एक आइसोलेटेड पॉन है ऑन ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है कि हर बार आइसोलेटेड पॉन वीक होता है लेकिन ओपनिंग में और सेंटर में आइसोलेटेड पॉन काफी वर्क करता है यहां पे ब्लैक अगर बी सिक्स करता है तो यहां मैं आपको दूंगा क्वेश्चन मार्क मगर बहुत ही वीक मूव है यहाँ पे बी इसके बाद फोर्स मूव आएंगे जिससे ब्लैक को रिजाइन करना पड़ेगा देखते हैं नाइटेक्स डी फाइव क्वीन टेक्स डी फाइव क्वीन टेक्स डी फाइव उसके बाद क्वीन सी टू यहां पर विशप एच सेवन की थ्रेट तो क्या कर सकता है क्वीन एच फाइव एक डिफेंस के लिए अगर खेलता है ब्लैक यहां पे बिशअप ई फोर और आपको ये रुख मिल जाता है अगर क्वीन एच फाइव नहीं खेलता है और लाइक जी सिक्स करता है तो बिशअ ई फोर और यहां स्क्यूअरिंग में आपको तो रुख डायरेक्टली मिलता है दोस्तों एक और गेम देखते हैं इसी पोजीशन से ई फोर सी सिक्स डी फोर डी फाइव डी फाइव then c4, knight f6, knight c3, e6, black played e6. सी थ्री knight f3, black इफ थ्री ब्लैक ने मिशअ ई सेवन किया एज यूजल जो हमारी लाइन है सी d5, डी फाइव नाइट इंटू डी फाइव और विशप डी थ्री यहां पर एक मुंह का थोड़ा सा चेंज है जो ट्रैक में हमने लास्ट टाइम देखा था उसमें नाइट से सिक्स नहीं था यहां पर ब्लैक ने पहले से नाइट से सिक्स कर रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हाइट यहां पर कैसल किया है वाइट ने यह गेम 1997 की है दोस्तों ज्यादा जानकारी की कि कि किसी को जरूरत नहीं होती लेकिन सिर्फ फॉर योर इंफॉर्मेशन यहां पर कैसल उसके बाद ब्लैक भी कैसल किया बहुत पुरानी गेम है रुक e1 और b6 अब जो भी नई नई ओपनिंग सर्चिंग होती है दोस्तों जिस ओपनिंग में चेंजिंग होता है कुछ अलग मूव्स देखने को मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं आपको कि आप जब पुरानी गेम्स देखते हैं बहुत सालों पहले की उसके बाद दिन ब बा दिन गेम में चेंजिंग आता रहता है मतलब आप 1985 या 1980 की गेम देखेंगे उससे डिफरेंट मूव्स आपको 1990 में और उसके ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आपको 2000 में देखने को मिलेंगे तो हर बार चेस इम्प्रूव होता रहता है हमें भी अपने आप को इंप्रूव करना पड़ता है जब हम कंपटीशन खेलते हैं अभी भी आप देखो बहुत सारे जीएम ग्रैंड मास्टर्स आईएम जो भी है अपनी ओपनिंग्स खेलते हैं ओपनिंग में वो लोग भी कुछ ना कुछ चेंजिंग लाके ही खेलते हैं क्योंकि एक ही एक घीसी पीटी ओपनिंग खेल के तो सब लोग बोर भी हो जाएंगे और ना तो उसमें आपको कोई फायदा भी होगा हर बार आपको खुद को भी चेंज करना होगा तो ये लाइन में इसलिए आपको दिखाता हूं हर एक वेरिएशन ताकि आप भी अपनी लाइन में कहीं भी दिक्कत हो तो खुद के मुंह ऐड कर सकते हो एनालिसिस करके एनालिसिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं अभी देखते हैं यहां पर बी सिक्स के बाद क्या हुआ है? यहां एच वन एट वीक है आप देख सकते हो ए एट पूरा डायोगनल वीक है उसी वीकनेस की बात आज हम कर रहे थे नाइन इंटू डी फाइव यहां सेम आफ्टर क्विंटेक्स डी फाइव बिशअप ई फोर क्विंटी सिक्स नाइट ई फाइव ये ब्रिलियन मूव है इस मुंह को मैं एक्सट्राशन मार लूंगा बिशअप बी सेवन क्योंकि नाइट टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है बिशअप टेक्स रूप मर रहा है यहां पर बीबी सेवन फोर्स मुह है और बिशअप एफ फोर फिर डिस्कवर Queen और बिशप के बीच में नाइट है आफ्टर बिशअप एफ नाइट जी अब डिस्कवर्ड भी हो गया बिशप से क्वीन पे टेक नाइट से बिशप को सपोर्ट ये टेक्टिक सभी लोग जानते हैं यहां पे क्वीन टेक्स डी सिक्स ऑफ पॉन सिंपल नाइट इनटू एफिट आफ्टर किंग टेक्स एफिट क्वीन इंटू डी फोर शअपटिक्स डी फोर आर ए डी रुक डी डिफेंस करना जरूरी है बिशअपटेक्स सी सिक्स आफ्टर बिशअपटेक्स सी सिक्स और बिशअप ई विनिंग द पीस तो दोस्तों ये भी काफी जबरदस्त गेम है ये दो गेम हमने देखी अब देखिए मैं एक और डिस्कस करना चाहूंगा अगली गेम में व्हाइट किंग साइड अटैक सैक्रीफाइस और किंग साइड मतलब किंग साइड का अटैक भी है हमारे पास व्हाइट से कैरोकॉन डिफेंस ओपनिंग में किंग साइड अटैक कैसे करते हैं और सेक्रीफाइस की योजना मतलब सैक्रीफाइस कब और कैसे करना है ये भी आपको दिखाऊंगा चलिए शुरू करते हैं यहां पे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कैरोकॉन के अगेंस्ट पैनो बोटोनिक अटैक बहुत ही मजेदार ओपनिंग है बहुत ही अटैकिंग है अग्रेसिव है e4, c6, d4, d5। इसमें ज्यादा मूव आपको सोचना भी नहीं है क्योंकि शुरुआत के फोर मूव तक तो आपको सेम मूव आने वाले है सी के बाद नाइट एफ अब जितने भी है ज्यादा तो ऑलमोस्ट फोर्स मूव है नाइट c3 e6 ई e6 वाले ही गेम देखे हैं अब आज उसके बाद नाइट f3 थ्री e7 ई सेवन सी इंटू डी फाइव नाइट एक्स डी फाइव बिशअप सेम पोजिशन आ गई जो आगे हमने देखी है थोड़ा सा चेंजिंग नाइट c6 लेकिन इसे पहले वाली गेम से बिल्कुल मिलती है पोजीशन कैसल दोनों साइड कैसल अब इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि आपका जो अटैक है वो पूरा किंग साइड है रुक ई वन अटैक को डेवलप करना है कैसे डेवलप करते सबसे पहले रुक ई वन ए सिक्स यहां पे ब्लैक खेल रहे हैं ए सिक्स ए सिक्स क्यों कि नेक्स्ट थे बी फाइव और टेम्पो के साथ वो अपना बिशप डेवलप करना चाहते हैं यहाँ पे हम खेलेंगे ए थ्री ए थ्री के बाद रुक ई एट कुछ कुछ ब्लैक से गलतियां होती है डेवलप से पहले रुक ई एट पहले जरूरी नहीं है पहले दोनों रुख को कनेक्ट करो बिशप को निकाल के मेरा तो एक ही उसूल है पहले दोनों रुख को कनेक्ट करो ऑलवेज रुकी के बाद बिशफ सी टू वेटिंग मूव किया है यहां पे अब ए थ्री का मीनिंग आपको समझ आ गया कि जब हम क्वीन डी थ्री खेले तब नाइट बी फोर नहीं आए ये थोड़ा दूर का सोच के मूव किया है तो बिशअ सी टू ब्लैक खेल रहा है क्वीन सी सेवन अब नाइट इनटू डी फाइव ई टेक्स डी फाइव और नाइट जी फाइव ये ब्रिलियन सेक्रीफाइसेस अब आप देख सकते हो बिशअप इंटू जी पॉसिबल नहीं है और विशप टेक्स एच सेवन की थ्रेट भी है तो यहां पे ब्लैक खेलेगा जी सिक्स नाइट टेक्स एच सेवन फिर से से सेक्रीफाइस आफ्टर किंग टेक्स एच सेवन क्वीन एच फाइव चैक क्योंकि ऑलरेडी यह पॉनपिन हो चुका है तो किंग जी सेवन उसके बाद क्वीन एच सिक्स चेक किंग जी एट और वन मोर सेक्रीफाइस बिशपटेक्स जी सिक्स पॉन टेक्स जी सिक्स क्वीन टेक्स जी सिक्स किंग एच एट और यहां पे क्वीन क्रॉस ई एट चेक King G7, Queen H5, Queen D6, Rook E3 और इसके बाद ये गेम में ब्लैक ने रिजाइन कर दिया तो इस प्रकार आप ये मैंने पूरी गेम दिखा दी आपको जिसमें ब्लैक ने रिजाइन किया है तो कैरोकान में किंग साइड अटैक करना इस तरह आपका प्लानिंग होगा तो आप ऐसे ऐसे ही जबरदस्त कर सकते हो मेरे नए वीडियो के साथ नए वेरिएशन में हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जल्द ही मूविंग द क्वीन टू द किंग साइड मतलब क्वीन को किंग साइड हम मूविंग करवा के कैसे अटैक लेते हैं उसके बारे में और भी दोस्तों कैरोकान के, के लिए मैंने बहुत सारे वेरिएशन रेडी किए हैं जो आपको दिखाने हैं तो मिस मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन दबा रखिये ताकि सभी सब, वीडियो आपको बैक टू बैक मिलते रहे और बहुत ही मजेदार अटैकिंग लाइन आपकी रेडी हो जाए टूर्नामेंट के लिए आप जल्दी से तैयार हो जाए यही मेरी शुभकामना है जल्द ही मिलेंगे जय हिंद जय गुजरात